percent 22 Adil Music Aasif Hadi mota bani aur mehr bangla char bangla char karne aani taras karne aani taras gavra ko bharta gavra ko bharta

दोनों

क्या बात है मजा आगे हाँ बहुत सुनती चलीवाल जी क्या हो

राम रे रखना बालों घोड़ा

Badmardu bara bara bade bade bade, hey hey hey. Badmardu bara bara bade bade bade. In the dark of night, we'll lose our way. Don't hold on to, don't hold on to, don't hold on to, don't hold on to. Badmardu bara bara bara bara.

तू मेरा प्रेम बाबा तू जावाने जावाने रे ए हो अरे बाबा रे जावाने जावाने बात आसपास तू मेरा प्रेम